Oh, it's going is... to be विदिशा के पठारी खुरही मार्ग पर स्थित बीना नदी के पुल से रेलवे गार्डरो से भरा ट्राला ड्राइवर के अचानक नींद के झोंके के कारण पुल से नीचे जा गिरा जिसमें ड्राइवर की तुरंत ही मृत्यु हो गई। नमस्कार मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज विदिशा जिले के पठारी खुरई रोड आरोप स्थित बीना नदी के दलपतपुर घाट आरोप देर रात एक रेलवे के गार्डरो ऐसी भरा हुआ ट्राला पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा जिसमे सागौनी उमरिया जिला सागर निवासी उम्र बीस वर्ष ट्राला चालक गोलुआ हिरवार की हो गयी जानकारी के मुताबिक बिंदा जिले के बरेड से रेलवे के गाड़ों से भरा एक ट्रा पठारी होते हुए खुरई के सुमरेडी रेलवे स्टेशन के पास जा रहा था यहां तीसरी लाइन का काम लगा हुआ है इस बीच बिना नदी के दलपतपुर घाट पर ट्राला पलट गया इसकी सूचना ग्रामीणों एवं राहगीरों ने ड्रायर हैंड को दी इसके बाद पुलिस राजस्व टीम एवं ग्रामीण जन मौके आरोप पहुँचे उन्होंने जाकर देखा तो ट्रक ड्राइवर पूरी तरीके ऐसी दबा हुआ था उसका सिर्फ थोड़ा सा पैर दिख रहा था इसके बाद तहसीलदार आर के मेहरा थाना प्रभारी दीपक राठौर एसआई आई शैलेंद्र नायक मान सिंह यादव एवं समस्त दल बल के साथ बचाव कार्य में लग गए बता दें लगभग सात घंटे कड़ी मेहनत करके हेड्रा मशीन के द्वारा सबको निकाला गया इसके बाद सबको पोस्टमार्टम पठारी के स्वास्थ्य केंद्र पर कराकर सब परिवार को सुपुर्द किया गया टाला के पीछे चल रहे दूसरे ट्राला के ड्राइवर आरिफ खान ने बताया कि नदी से पहले ना तो ब्रेकर है और ना ही रेडियम वाले संकेत लगे हैं। इसके कारण यह हादसा हो गया पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेल एक रिपोर्ट देखते रहिए खबरदार न्यूज हादसे का कारण ये है कि ये नदी पे मूड है न तो इस पे बोर्ड है न ब्रेकर है कुछ भी नहीं है, है। कोई ऐसी चीज नहीं है की राबर के लिए हम महसूस हो जाए की आगे नदी है मैदान है कुछ नहीं है यहाँ पे गाड़ी इसी चक्कर में ये सीधी आ गई और रोडों पर क्या व्यवस्था रहती है साहब और क्या व्यवस्था आदमी के लिए ब्रेकर चाहिए बोर्ड चाहिए आगे सूचित तो करे कीच के हमारा ये आगे नती है ये चीज़ तुम्हें तो सूझ मिलना चाहिए ना हम लोगों को आगे जो बोर्ड लगे हैं उन पे भी तो अब जंग लग चुकी है उन बोर्डों पर कुछ नहीं है जंग लग गई ये बोर्डों पर कुछ लिखा पड़ा कुछ नहीं है उन पर ना रेडियम लगा है उन पर ना कुछ लगा है कुछ भी नहीं है उन पर मैं रेडियम होना चाहिए रात में लिये रात में बाहर आया तो देखे रेडियम चमक कर तो जाता है ब्रेकर होना चाहिए लाइट वाले यदि तो टन वाली जगह पे नदी में पुलिस वालों ने सूचना दी हमारे लाने गाड़ी की ओर से भर के आ रहे थे तो सौ नंबर वाले हमारे पास रात में पहुंचे कि आपकी कंपनी की गाड़ी पुल में गिर गई है ठीक है गोलू नाम का ड्राइवर था इनका छोटा भाई था रहने वाला है सागवानी उम्र के जिला सागर का तहसील राहतगढ़ जिला सागर जिला सागर में ठंडा लगता है राहतगढ़ हादसे की जानकारी मिली कैसे हुआ आपका ये हादसे की जानकारी हमें सौ नंबर वालों ने दी गाड़ी भी मेरी लाने मैंने कि परिजनों को फ़ोन करके मैंने कुछ बुलाया तो आप क्या दूसरा ट्रक चला रहे थे हाँ मैं दूसरा ट्रक चलाता हूँ उसी कंपनी में आ, नहीं तो अलग कंपनी में आपका क्या नाम आरिफ खान